इतना गंदा खाना मैं क्या बताऊ में बता नहीं सकता खोलू मैं शादी वैसे पता नहीं होगी ना ना दो-दो दो-दो तरह तरह का का रायता रायता रायता तो था खुश हो गया चला एक ही था। दूसरा वाला जो पिछले हफ्ते की पिगली हुई आइसक्रीम में बूंदी डाल के दे रहे और जो गुलाब जल दिया उन्होंने ओ इतनी स्मेल गुलाब जल नहीं गुलाब जल लग रहा था वो। oh.